आप किस चंद्र नव वर्ष जानवर को पसंद करते हैं जानिए उन जानवरों के बारे में जिन्होंने चीनी को प्रेरित किया। अक्सर हम देखते हैं कि कई जगहों पर एक जनवरी से नया साल का पहला दिन है जो एक कैलेंडर पर आधारित है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति का अनुग्रह करता है लेकिन चंद्र कैलेंडर पर जिस पर चंद्र नव वर्ष आधारित है चंद्रमा चक्रों द्वारा समय को ट्रैक करता है इसीलिए पूरी दुनिया में लोग इसे हर साल अलग अलग दिन से मनाते हैं। चीनी कैलेंडर के अनुसार आपका जन्म जिस वर्ष में हुआ है वह आपके व्यक्तिगत का निर्धारित करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक जानवर द्वारा दर्शाया जाता है और इसे शेख जियो के नाम से जाना जाता है और कित है कि उस चिन्ह के तहत पैदा हुए लोगों में जानवर के समाने होते हैं। ये प्राचीन राशि शायद प्रजातियों पर, पर नहीं थे। उनमें से अधिकांश के लिए ड्रैगन को छोड़कर हम जानवरों को अधिकांश समान्य अर्थों में देख सकते हैं और पहला चिन्ह खरगोश है दूसरा चिन्ह ड्रैगन है तीसरा चिन्ह साप है चौथा चिन्ह घोड़ा है और पांचवा चिन्ह बकरी है छेवा चिन्ह बंदर है सातवां चिन्ह मुर्गा है आठवां चिन्ह एक है, नौवां चिन्ह एक सुअर है और दसवां चिन्ह एक चूहा है ग्यारह चिन्ह एक बैल है और आखिर में बारवा चिन्ह एक बाघ है